फ़िल्मी करियर की बात करें तो अथिया शेट्टी ने आठ साल में केवल पाँच फिल्मों में काम किया है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म हीरो से की थी जिनमें अभिनेत्री सूरज पंचोली के साथ नजर आई थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी फ्लॉप हुई थी इसके बाद अभिनेत्री अनिल कपूर और अर्जुन कपूर की फ़िल्म मुबारक में नजर आई थी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली इसके बाद अथिया नवाबजादे मोतीचूर चकनाचूर और तड़प जैसी फिल्मों में नजर आईं, लेकिन ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई अथिया और केएल राहुल की लव स्टोरी की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी हालांकि तब इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं थी फिर दोनों ने जब सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बर्थडे विश करना शुरू किया तब उनके रिलेशनशिप में होने के कयास लगाए जाने लगे थे वहीं अथिया के पिता सुनील शेट्टी से भी जब दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ने भी इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया था इसके बाद साल दो में जब केएल राहुल इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए रवाना हुए तो अथिया भी उनके साथ गई थी हालांकि दोनों ने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों की वायरल तस्वीरों ने बेहद बस क्रिएट कर दिया था साल 2021 में अथिया के जन्मदिन के मौके पर केएल राहुल ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया उन्होंने इंस्टाग्राम पर अथिया की फ़ोटो शेयर करते हुए बेहद रोमांटिक कैप्शन लिखा फोटो में दोनों के बीच बेहद प्यार देखने को मिला अथिया के भाई अहान शैट्टी की फिल्म तड़प की स्क्रीनिंग पर इस कपल को साथ में देखा गया था जहां दोनों ने कपल की तरह पोज दिया यह पहली बार था जब इन लवबर्स को जोड़े के रूप में किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया था करीब चार साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद केवल राहुल और अथिया शेट्टिया आखिरकार तेईस जनवरी को हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए हैं बता दें कि राहुल और अथिया ने 23 जनवरी को सुनील शेट्टी के खंडाला में शादी की ऐसे में कपल की शादी के बाद फैंस अब जानने के लिए बेताब है कि दोनों का ग्रैंड रिसेप्शन कब और कहां होने वाला है आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि शादी के अगले दिन या कुछ दिनों बाद रिसेप्शन होता है लेकिन अपने बिजी शेड्यूल को देखते हुए राहुल और अथिया ने अपने रिसेप्शन को फिलहाल के लिए टाल दिया है डॉट हालांकि कपल का रिसेप्शन कब और कहां होगा इस बारे में सुनील शेट्टी ने अभी कुछ नहीं बताया है